नमस्कार मित्रों में राम सानी आप जयराम शुरू कर चुके हैं सोशल इंटरव्यू कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जब भी यूपी में आती हैं अपने आप को यूपी की बेटी बताती हैं और वो कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ परंतु जैसे ही वो पंजाब जाती हैं उनकी विचारधारा बिल्कुल बदल जाती है और उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों अब मानित करने से बिल्कुल भी नहीं चूकती हैं पंजाब के एक जनसभा में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में पंजाब के चवनी छाप सी ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को अपमानित करा और कहा उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया को पंजाब में भटकने नहीं देना उन्हें पंजाब से बाहर लगाना है ओ भाई है, ओ। जी जी दे है। हो से जाओ मित्रों कांग्रेस की सदैव नीति रही है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगो को अपमान करना यहां तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बात छोड़िए पूरे भारत वासियों को ही आपस में बांटने की राजनीति करते हैं कभी जातिवाद कभी धर्म के नाम पे कभी क्षेत्रवाद के नाम पे ये सदैव बांटते रहे और अपनी राजनीति करते हैं पंजाब के चौदी साहब सीएम के द्वारा अहमदी टिप्पणी करने के बाद भी प्रियंका गांधी हंस रही थी उछल रही थी कूद रही थी और सीएम का समर्थन कर रही थी मित्रों इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने विवादित टिप्पणी करी थी जब मीडिया वालों ने हिजाब के बारे में प्रश्न पूछा था तब तो उन्होंने कहा था यह उन लड़कियों का मौलिक अधिकार है चाहे वो हिजाब पहने भुड़का पहने या बिकनी पहने या जींस पहने लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है अच्छा क्यूँ आप हिजाब पर बहस चल गई है अच्छा क्यों? है। अच्छा क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी देखिए एक महिला का अधिकार है वो बिकीनी चाहे, वो पहनना चाहे वो हिजाब पहनना चाहे वो भूखट लगाना चाहे वे साड़ी पहनना चाहे वे जीन्स पहनना चाहे इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए पर स्कूल में कहां से प्रियंका जी आप बोल, -बोल करते है तो की वो एक महिला को कहे की तुम ये कहो मित्र हम बताना चाहते है स्कूल कॉलेजों में अपना एक ड्रेस कोड होता है और कानून कायदे होते हैं उसी हिसाब से यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है लेकिन शायद प्रियंका गांधी मौसमी हिंदुस्तानी है शायद इसलिए उन्हें भारत के स्कूल कॉलेजों के बारे में पता नहीं है और उन्होंने शिक्षा भी बाहर से ही हासिल करी है इसलिए उन्हें बिल्कुल भी इस बारे में जानकारी नहीं है कर्नाटक में हिजाब और बुर्के का स्वरा भास्कर ने समर्थन दिया है जबकि ये इस प्रकार की ड्रेस पहनती है आप स्क्रीन में देख सकते हो ये कभी भी सार्वजनिक जगह और मीडिया के सामने आती है तो भी ये नीचे पेट पहनना भूल जाती है मुरादाबाद में उन्मादी सराधी तत्व की भीड़ जो विशेष भी समुदाय की पहचान रखती है उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की मोब कर दी मार्च के बाद आपके घरों तक नहीं पहुंच सकती क्या यह आपकी बहन बेटियों के मान सम्मान तक नहीं पहुंच सकता क्या यह आपके बच्चे तक नहीं पहुंच सकता मित्रों हो जाइए इस तरह की मादी भीड़ को रोकने के लिए योगी जी को भारी मतों से विजय बनाइए आने वाले सभी चरणों में घरों से भारी संख्या निकले और योगी जी के समर्थन में वोट डाले मित्रों वीडियो हमारी अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग जुड़े रहे इसके लिए आभार